छोटवाड़ी <plexes> <men> <tsuso> <bumped Lee> मैं देखी तो पूरी याद हो जी किस तरह से मुंबई से चल के आए लो ये नहीं के चल के शुरू करा मोह होता ये मुंबई से मैं याद करता हूँ आना शुरू करा मुंबई तो ये धन बोला पुरुष कार्य लगा दे तो क्या खाती है और ठलानी लगा रहा था चिनार खरका लगाओ लगाई बुनाओ हाँ अरे हम लगान का है ना